क्या आपने कभी इतना बड़ा कीड़ा देखा है एक ऐसी मूवी जो आज से सौ साल बाद रिलीज होगी एक ऐसा अलार्म क्लॉक जो आपका लॉस करवा सकता है और इस आदमी की कहानी को सुनने के बाद आप दो दिन तक खाना नहीं खा पाओगे और क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चिड़िया ऐसे तार पर बैठती हैं, तो इन्हें शौक क्यूँ नहीं लगता और चिटियों में खून नहीं होता तो वो जिंदा कैसे रहती है ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी और ये मूवी आज से पाँच साल पहले 2015 में बनी थी पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मूवी की रिलीज डेट आज से 95 साल बाद यानी कि ट्वेंटी में है और जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो ये मूवी को एक हाईटेक सेफ में बंद करके रख दिए है जो साल ट्वेंटी को नवम्बर एटीन को ही खुलेगा जो आप कीड़ा देख रहे हो ये एक जाइन सेंटीपेड है जो नॉर्मल जगहों पर तो सिर्फ एक सेंटीमीटर का ही पाया जाता है पर अमेजन में मिलने वाले सेंटीपेड का साइज 20 सेंटीमीटर तक का होता है और ये सेंटीपेड में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान समेत किसी भी जानवर को खा सकता है इस इमेज को ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो की एक चीज क्या है तो आप में ऐसी ज्यादातर लोगों का जवाब ये आधी कटी हुई फोटो है राइट यू विल नॉट बिलीव की ये एक पेंटिंग है जिसे इसके पेंटर द्वारा इतना डिटेलिंग ऐसी बनाया गया है की कोई बता ही नहीं सकता की ये पिक्चर है या आपको पता है कि ये जो फेसबुक है उसमें हर दिन छह लाख से ज्यादा अकाउंट्स को है। हैकर हैक करने का कर ट्राई करते हैं, और इन छह लाख अकाउंट्स में से वो एक लाख से ज्यादा अकाउंट को सक्सेसफुली हैक भी कर पाते हैं और एक लाख अकाउंट में से आपका अकाउंट भी हो सकता है ये जो चीज इस छोटी सी फ्लाई के हाथ में देख रहे हो वो इस दुनिया की सबसे छोटी बुक है जिसका साइज एक नमक के ग्रेन के साइज ऐसी भी ज्यादा कम है और आप मानोगे नहीं इस छोटी सी बुक में 30 पेज हैं, जिसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं और कहीं कहीं कलरफुल ड्राइंग भी है पता है कि इस दुनिया में एक हनाको नाम की एक ऐसी मछली है जिसका एवरेज एज 225 ट्वेंटी ईयर्स है यानी कि इस ब्रीड की ज्यादातर मछली 225 ट्वेंटी ईयर्स तक जीती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में एक एटर्नल फ्लेम फॉल्स नाम का एक वाटर है जिसके बेसमेंट में एक छोटी सी गुफा बनी हुई है जो नेचुरल गैस छोड़ती है और इस गुफा में ज्यादातर वक्त आग लगी होती है और ये गुफा बाहर ऐसी कुछ एक बार एक रिपोर्ट में पाया गया की ये जो छोटे छोटे तो कॉकरोच होते हैं ना अगर वो किसी तरह गलती से भी हम ह्यूमन से टच हो जाते हैं या फिर किसी तरह कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तब ये कॉकरोच अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करते हैं कोई सेफ प्लेस ढूंढ कर क्यूँकी इनको लगता है कि ह्यूमन से टच होने के बाद इनकी बॉडी गंदी हो जाती है ट्वेंटी वन आपको पता है की आप अंडे यानी की एग को उसके दोनों एंड ऐसी कुछ इस तरह स्क्वीज करके कभी नहीं तोड़ सकते तक कई सारे मस्कीटोज यानी की मच्छर देखे होंगे आपको पता है की ये मच्छर सिर्फ एक सेकंड अपने विंग्स 500 बार फड़फड़ा सकते हैं। ये जो चीज अपने स्क्रीन में देख रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन में जमा हुआ कचरा है और आप मानोगे नहीं कि इसका साइज टेक्स शहर यानी कि 480 किलोमीटर स्क्वायर जितना है तो आपने पेप्सी कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा पर आप मानोगी नहीं की जब ये पेप्सी कंपनी बनी थी तब इसका नाम ब्रैड ड्रिंक था आरोप सिर्फ पाँच साल बाद इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला कर दिया और इनको पेप्सी का नाम का आइडिया डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन ऐसी मिला मलेशिया की जो नेशनल ड्रिंक है उसे लोग वहाँ तह तारीख के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है कुल्ड टी और ये ऐसी चाय होती है जिसे एक कप से दूसरे कप में तीन फीट ऊपर से डाला जाता है अमरिका में एक जियो मैथिन नाम का एक आदमी रहता था जो एक फास्ट फूड की दुकान का मालिक था और ये आदमी अपने फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए एक गजब का तरीका ढूंढा और वो इंसानो का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया और डेड बॉडीज को काट अपने खाने में डालने लगा जिससे इसका फूड का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खूब सेल्स होने लगी और देखते ही देखते इसने 10 मर्डर कर डाले पर आखिर में ये पुलिस से पकड़ा गया और जब इसे कोर्ट में ले जाया तो जज ने इसे दो लोगों के मर्डर की सजा दी पर जियो तो कहने लगा वो हेलो मैंने दो नहीं 10 मर्डर किए नाम की एक अलार्म क्लॉक आता है जिसमे एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है क्यूँकी अगर अलार्म बजने के बाद भी आप नहीं उड़ते तो ये अलार्म क्लॉक आपके घर के बाहर चला जाता है और कहीं भी जाकर छुप जाता है जिससे आप इसे ना ढूंढ पाओ और आपके पैसे वेस्ट हो जाएं और अगर आपके पैसे बचने हो तो आपको किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा सुबह उठने का क्या मस्त तरीका में वहाँ के स्ट्रीट डॉग ट्रेन की मदद से अकेले ही सुबह किसी और सिटी में जाते हैं और वहाँ दिन भर अपना समय बिताते हैं और रात को दूसरी ट्रेन ऐसी वापस मॉस्को आ जाते हैं और ये चीज वहाँ के कई सारे डॉग रोजाना ही करते हैं और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है की इन्हें ट्रेन कब आती है ये भी याद हो गया है और ये हर रोज हमेशा टाइम पे स्टेशन भी पहुंच जाते हैं तो पता है कि मेक्सिको में एक जोन ऑफ साइलेंट नाम की एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ अगर आप कोई भी डिवाइस ले जाते हो तो डिवाइस वहाँ जाते ही खराब हो जाती है चाहे वो मोबाइल या कोई घड़ी ही क्यों ना हो और ये चीज वहाँ साल 1940 से चली आ रही है पर साइंटिस्ट अभी तक इसके पीछे का एक सही रीजन पता नहीं लगा पाता है हाल ही में इंडिया के एक गाँव में रहने वाली लड़की के बैंक अकाउंट में दस करोड़ रूपए आए थे उसको ये लगा की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मिलते हैं, जिसका फॉर्म उसने दो साल पहले भरा था पर ये योजना में सरकार गरीब लोगों की एक घर बनाने में मदद करती है ना कि दस करोड़ रूपए देती है फिर तो पता चला कि ये पैसे नवीन नाम का एक व्यक्ति इीगली डाल रहा था और ये वही आदमी था जिसने उस लड़की के फॉर्म भरने में मदद की थी क्यूँकी ये लड़की अनपढ़ थी इसलिए गायस भले ही कितनी भी मजबूरी हो अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए नाइनटीन में एक जापानीज कंपनी ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहां मैथ साइंस नहीं बल्कि कैसे वो अपने आप को फनी बना सकते हैं ये सिखाते हैं और आप मानोगे नहीं कि उस स्कूल में हर साल हजारों लोग एडमिशन लेते हैं ताकि वो फनी बन सके आप अपनी कार को अर्थ के किसी पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट चलाते हो तो आप सिर्फ एक घंटे में अर्थ ऐसी निकल स्पेस में पहुँच जाओगे पर अर्थ का शेप सर्कल होने की वजह ऐसी कोई भी कार को ऐसे स्ट्रेट चला ही नहीं सकता पर आप इस चीज को प्लेन के साथ ट्राई कर सकते ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां आपको एक क्रोकोडाइल अपने जमड़े की मदद से पकड़ा हुआ है तो आप वहां से कैसे बच सकते हो तो इस सिचुएशन में अगर आप अपना थंब क्रोकोडाइल के आईबॉल्स में किसी तरह घुसा देते हो तो वो क्रोकोडाइल आपको छोड़ देगा और आपके भागने के बाद भी आपका पीछा भी नहीं करेगा इस दुनिया में टोटल वन देश है आरोप सेंट लूसिया ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक रियल वुमन के नाम पे रखा गया है फ्रेंच लोगों के जिस लेडी को अपनी स्क्रीन में देख रहे हो उसका नाम है और आपको यकीन नहीं होगा कि इनका ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप इन्हें किसी भी मिनट आरोप किया हुआ था ये पूछोगे तभी ये तुरंत उस बात को बता देंगी चाहे वो दिन आज ऐसी पाँच साल या दस साल पहले ही क्यूँ न होनी मिररर नाम की एक कंपनी है जो ऐसे मिरर बेचती है जिसमे अगर आप दिखते हो तो उसमें आप चार केजी जी पतले दिखते हो जैसे इस इमेज में दिख रहा है ये मार्केट में इस मिरर का इतना डिमांड है कि जिस भी ये दुकान में ये मिरर मिलता है उस दुकान का 50 परसेंट ऐसी भी ज्यादा सेल ये मिरर की वजह से ही हो तो पता है कि साल 2009 में कनाडा में एक ऐसा ट्रेंड चला था कि वहाँ के लोग हर बात में सॉरी बोला करते थे नो मैटर उनकी गलती हो या न हो वो सॉरी यू ही किसी को भी किसी भी चीज के लिए बोल दिया करते थे और ये चीज वहाँ हर कोई करने लगा और इस चीज से वहाँ की गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई कि वो एक अपॉलोजी एक्ट निकाले लोगों को ये करने से रोकने के लिए अपने स्क्रीन में जो इस पियानो को देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड पियानो है और इसे सिर्फ एक 15 साल के लड़के ने न्यूजीलैंड में बनाया था कमाल का है एक बार एक रिटायर्ड टीचर प्लेन में सफर कर रही थी और तभी एक्सीडेंट ऐसी कंपनी एक बार एक कपल को वन मिलियन डॉलर ऑफर करती है और बोलती है की उन्हें उनका प्लॉट चाहिए जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ वन लाख एटी डॉलर था क्योंकि उन्हें वहां अपना एक डेटा सेंटर बनाना है और आप मानोगे नहीं कि आज उस डेटा सेंटर का प्राइस 1 बिलियन डॉलर है आप ये जो पिक्चर्स अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ये तब की है जब जापान देश में एक बार फ्लड यानी कि बाढ़ आई थी और ये बात हम सभी के लिए काफी चौका देने वाली है की बाढ़ के बावजूद भी आपको पानी में कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी मानोगे नहीं कि की दुबई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन के हेल्थ का इतना ज्यादा केयर करती है कि वो अपने सिटीजन को अपना हर वन केजी वेट कम करने के लिए तीन ग्राम गोल्ड देती है सोचा है कि क्या चीटियों के पास भी हमारे जैसा ब्लड होता है या नहीं और होता है तो वो उनके मरने के बाद वो उसके से बाहर क्यों नहीं निकलता? तो गैस मैं आपको बता दू चीटियों के पास हमारे जैसा ब्लड तो होता है पर उनके पास हेमोलिम्प होता है जो उनके बॉडी में सर्कुलेट होता है पर यह हेमोलिम्प ऑक्सीजन नहीं न्यूट्रिय कैरी करता है और उनके बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन उनके पूरे कभी आपने सोचा है कि जो ये बर्ड होते हैं जब वो इलेक्ट्रिक वायर में बैठते हैं, तब उनको करंट क्यों नहीं लगता जबकि अगर हम सेम वायर को छूते हैं तब हमको करंट लग जाता है तो इसके दो आंसर है पहले तो जो ये बर्ड होती हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जिस वजह से इनमें करंट का असर नहीं होता और सेकेंड रीजन ये है कि जो ये बर्ड होती हैं, वो वायर के सिर्फ एक ही पार्ट में अपना पैर रखती है जिस वजह ऐसी करंट दोनों साइड ऐसी पास नहीं हो पाता और उनको कुछ नहीं होता वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर